तो हेलो दोस्तों नमस्कार सलाम सत तो दोस्तों आज हमारा दो तारीख है दिसंबर ठीक है और 2020 है ठीक है दोस्तों तो कल आपको मैंने सिंगल में छियानवे दे गया था ठीक है दोस्तों छियानवे वगैरह जिसकी पलट में हमारी उनसठ पास हुई थी और मैंने उनसठ पे भी निशान लगा के गया था ठीक है आपको ध्यान होगा और आपको पता होगा भाई मैंने जोड़ी दे गया था सिंगल तो सिंगल ठीक है दोस्तों जाके देख लेना एक बार इसमें इक्यानवे भी उन्नीस भी इक्यावे उन्नीस का मैंने निशान लगाया था उन्नीस पे भी ठीक है और ये सिक्सटी नाइन पर भी निशान लगाया था और आपको मैंने छक्का हरूप देके गया था एक जगह सिर्फ़ गली में खेलने के लिए आपको ठीक है दोस्तों गली में खेलने के लिए आपको छक्का हरूप दे गया था और उसमें कुछ हो भी था बट जोड़िया तो पास नहीं हुआ ठीक है मुंडा छः हमारा गली में पास हुआ है दोस्तों ठीक है गली में मुंडा छः पास हुआ है ठीक है दोस्तों तो आपको मैंने ट्रिक भी ट्रिक भी दिया था जो जो ट्रिक चल रहा था उसी ट्रिक में से हमारा जो छियानबे है छियानबे सीधी सीधी पास सीधा का सीधा हमारा पास हो गया बिल्कुल तो सिंगल जोड़ी थी दोस्तों ठीक है और आज का जो जोड़ी निकला है ना वो भी मस्त जोड़ी है और सिंगल जोड़ी है ठीक है दोस्तों बट आप लोग वीडियो को भाई शेयर करा करो ज़्यादा ताकि भाई सब भाई लाभ हो और सबको फायदा हो ठीक है दोस्तों सबको फायदा हो ताकि किसी भाई को नुकसान ना हो ठीक है दोस्तों मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ किसी को नुकसान ना हो ठीक है दोस्तों तो भाई जो भाई सब्सक्राइब करके नहीं रखा वो सब्सक्राइब कर ले ठीक है और एक शेयर कर दे उन भाइयों के पास जो भाई लॉस में है ठीक है दोस्तों उन भाइयों के पास शेयर कर दे एक बार ठीक है और सिंगल मेज आपको आज भी जोड़ी मिलेगा जो मैंने आपको गली के लिए जो जोड़ी दे गया ना चार उन जोड़ियों को गली में ही खेलना आपको गली में ही खेल के खेलना है आपको ठीक है और कहीं नहीं खेलनी है गली में ही खेलना है मेरे हिसाब से पास होना चाहिए और भी पास होगा उसमें से ठीक है वैसे सिक्सटी नाइन उसमें खुल चुकी है ठीक है दोस्तों जो सिक्सटी नाइन है वो खुल चुकी है सिक्सटी नाइन खुल चुकी है पर रिपीट मेरो लग रहा आएगा ठीक है दोस्तों सिक्सटी नाइन एक जोड़ी था रात को बट मैं डाल नहीं पाया ठीक है वो आपको दिशा में पकड़ लेते आप क्योंकि जब भी 69 आती है तब चौहत्तर आता है दोस्तों ठीक है ये सिंगल रिकॉर्ड है अगर किसी भाई को अगर नोट करके रखना है तो रख लेना जब भी उनसठ आए ना 69 आए ना चौंसठ को खेल लेना चौंसठ आता ही आता है एक दो दिन के बाद या हाथ हाथ खुल जाता है कल जैसे हाथ हाथ खुल गया वैसे ही ये सिंगल जोड़ी है किसी भाई को अगर नोट करना है नोट करके रख लो ठीक है दोस्तों ऐसा जोड़ी कोई नहीं बताएगा बिल्कुल सीधा सिंगल सिंगल आता है जैसे मुंडा छः भी आया ना मुंडा छः आया ना अब 31 की बाड़ी है कि 31 फिर से रिपीट आ सकता है ठीक है पिछले महीने आया था 31 इस महीने भी अभी के टाइम पे चार दो तीन दिन के अंदर ही ये मार के जाएगा चाहे इसका राशि मार जाए चाहे ये मार जाए ठीक है आज से लेके आप एक दो दिन के अंदर खेल लो जोड़ी पास हो गया जाएगा 31 की ठीक है दोस्तों इकतीस आपको मैं दे रहा हूँ ठीक है इकतीस सिंगल है तीन दिन के लिए खेल लो कन्फर्म पास हो गया जाएगा ठीक है दोस्तों वैसे अठारह तो मेरे पास इसका है राशि ठीक है दोस्तों इसकी राशि मेरे पास अठारह है एक छत्तीस यहाँ पे मेरे पास आई रही है ये रा छत्तीस ठीक है बाकी वो तीन जोड़ी है ये तीन जोड़ी है ठीक है वो कंफर्म पास होके जाएगा दोस्तों देख लेना आप ठीक है जो चलो आज का जो जोड़ी है वो आपको दे देता हूँ जो ये जोड़िया दिया ना भाई जिस भाई को नोट कर ना नोट करके रख लो ठीक है दोस्तों इन जोड़ियों को नोट करके रख लो और आज का सिंगल जोड़ी ले लो ठीक है दोस्तों आज का जो सिंगल जोड़ी है आज का जो सिंगल जोड़ी है वो आपको देता हूँ सपोर्ट जोड़ी देता हूँ आपको एक है। ठीक है दोस्तों तो हमारा आज का जो सिंगल जोड़ी रहेगा वो रहेगा एक फिर से मेरे को रिपीट लग रहा है भाइयों, फिर से रिपीट लग रहा है मेरे को ये रिपीट फिर से आने वाला है समझ गए चौदह की फैमिली फिर से मेरे को दिख रही है ठीक है और एक फैमिली आप नब्बे की खेल लेना दोस्तों ये ज़रूर आएगा ठीक है ये ज़रूर आएगा आपके पास नब्बे की फ़ैमिली ठीक है दोस्तों नब्बे की फैमिली में से नब्बे पैंतालीस चालीस और एक जोड़ी फिफ्टी नाइन ठीक है ये फिफ्टी नाइन पर ज़्यादा पैसा लगाओगे तो तो भी बढ़िया है ठीक है और चौदह की फैमिली आपको अगर कल दे के गया था आपको ध्यान होगा ठीक है दोस्तों छियानबे उन्नीस ठीक है और एक चौंसठ की जोड़ी बनती है हमारे पास या छियालीस की चौंसठ या छियालीस ठीक है यही जोड़ी आज के लिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बना रहा हूँ जो आपको बताया आप ना इस बात को ना जो, जो बात बताया हूँ आपको इस बातों को ना आप वीडियो को रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मतलब बार बार देखना इसको घुमा घुमा के बार दो तीन बार देखना वीडियो को मेरे बात समझ में आ जाएगा जो बात आज बता के जा रहा हूँ मैं ठीक है दोस्तों और जो जोड़िया है ये जोड़िया है आज का जो हरूफ रहेगा वो भी आपको बता देता हूँ आज का हरूफ रहेगा मेरे हिसाब से जीरो पंजा ठीक है दोस्तों जीरो पंजा रहेगा दोस्तों ठीक है कल आपको मैंने छ नौका भी दिया गया था छौका छक्का भी दिया गया था और जीरो भी दिया गया था और पंजा भी दे गया था ठीक है मेरा जीरो भी पास है नौका भी पास है चौका भी पास है छक्का भी पास है चौका सॉरी चौका बोल रहा हूँ छक्का पास है नौ का पास है जीरो पास है ठीक है तीन हरूफ हमारा कल लाइव हुआ है ठीक है दोस्तों तो आज का जो हरूफ है ना वो है जीरो और पंजा ठीक है दोस्तों जीरो और पंजा है आज के लिए और बाकी जोड़िया ये है वीडियो रिपीट करके एक बार देख लेना भाई मेरे बात अगर किसी भाई को बुरा लगे तो सॉरी उसके लिए और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वॉचिंग फॉर टाइम